दोस्तों आयरन करने के बाद अगर आपको भी वायर रखने में प्रॉब्लम आती है तो आपको भी कुछ इस तरह से वायर को लपेटकर एक पट्टी से बांध देना है दोस्तों अगर आप भी अपने जूतों को कुछ इस तरह से पॉलिथीन में लपेटकर अपने बैग में रखोगे तो आपके भी बैग गंदे नहीं होंगे लैपटॉप चलाते वक्त अगर आपके भी पैर में कुछ इस तरह ऐसी हीटिंग प्रॉब्लम आती है तो आपको भी एक कपड़ा तक और एक कार्डबोर्ड लेकर कुछ इस तरह ऐसी चिपका लेना है फिर इस मिरर को उसके ऊपर रखकर आपको लैपटॉप का यूज करना है अगर आपका भी ड्रेसर कुछ इस तरह ऐसी बोरिंग दिखता है तो फिकर नॉट आपको सबसे पहले उस ड्रेसर के ऊपर कुछ इस तरह से डिजाइनदार पेपर चिपका लेना है बाकी के भाग को ब्लैक कलर से रंग देना है और फिर ड्रॉवर को सेट कर देना है बस हो गया आपका खूबसूरत सा ड्रेसर तैयार